हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जी फाइव गौतम बिहारी आईटी आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो मैं अभी रात को दो बज चुका है तो मैं स्टेशन गया स्टेशन का सीन आप लोग को दिखाऊंगा जो कि काफ़ी बेहतरीन लगेगा देखने में तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड तो हम लोग गया स्टेशन कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं तो ये रामसागर सरोवर के पास हम पहुंच गए हैं आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग के चलते हम नाइट को तीन बज चुका है मैं आप लोगों को कुछ मिनटों में स्टेशन का सीन दिखाऊंगा स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे में यह सीन पहने बड़े पहने। बड़े मंजिलों इमारत जो बना हुआ है उसका सीन देखिए स्टेशन के पास एक तो क्वालिटी वेज फास्ट फूड है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया फूड मिलता है खाने को देखिए लोकेशन देख लीजिए आप भी यहाँ कभी आइएगा तो खाइएगा ज़रूर हम लोग गेट द्वार पे पहुँच चुके हैं फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टेशन के पास पहुँच जाए पहुँच चुके हैं इंट्री गेट नंबर वन पे गया जंक्शन ये देखिए ऑक्सब्रिंग का ये लोगो लगा हुआ है ये प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी इनर्जी बना रहे और हम इसी तरह से वीडियो बना के अपलोड करते रहें यह बाहर का सीन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यह अपना मात्र तिरंगा जो है झंडा है ये देखिए झंडा का झंडा तोलन जो कि बोला जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह है ये सरिया हरा एंड वाइट से ये मिलकर तीनों रंगों का संगम है तभी तो हमारा भारत है देश बहुत महान है जो कि आधुनिक काल में इसको सोने का चिड़िया कहा जाता था स्टेशन के बगल में ही देखिए शौचालय एवं स्नान देखिए यहाँ पे शौचालय एवं स्नान नगर यहाँ पे आके आप प्रेस हो सकते हैं ये है हमारा स्टेशन तो अंदर का भी वीडियो में दिखाऊंगा ठंडे के दिनों में हम लोगों को, को चाय पीना तो बनता है हम लोग चाय पीते हैं ये हमारा देश का नौजवान सेना है क्योंकि हमारे लिए दिन रात एक करके ये आ गया मेरा चाय देखिए ये चाय आ गया है गरम गरम चलते आइए चलते हैं गया स्टेशन के नीचे यात्री लोग विराम कर रहे हैं देखिए फुटपाथ पे देख सकते हैं आप फिलहाल जो गया नगर गया स्टेशन में बहुत अच्छा व्यवस्था है सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत टाइट है देख ही सकते हैं इंक्वायरी अंदर अब यहाँ से एंट्री करेंगे ये है हमारे प्रिय साथी ये अंदर एंट्री मार रहे हैं हम लोग आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में यह टाइमिंग है जो कि 12 बज चुका है 12:14 चौदह ये हम लोग एंट्री मार दिए यह देखिए ट्रेन इंटरसिटी जो कि खुल चुकी है ये देखिए गैस स्टेशन कालू देखिए कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं इसी के साथ हम लोग नीचे चलते हैं प्लेटफॉर्म दो एवं तीन पर जाने वाली रास्ता के साथ हम जाएंगे वाई टू प्लेटफॉर्म टू एंड थ्री ये देखिए इसमें भर भर के माल जाता है माल है हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं यहाँ पे कुल सात प्लेटफॉर्म है ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर वन वाइड टू थ्री फोर सिक्स एकदम अंतिम प्लेटफॉर्म नंबर हम लोग तीन पे हैं तीन और दो पे यह देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है जो कि बिहार के गया ज़िला में बसा हुआ है यह स्टेशन बहुत नेशनल इंटरनेशनल तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नेशनल नेशनल यहाँ पे रेलवे चलती है Train number, mm -hmm. yeah. right, well, yeah, yeah. number one, two, three. One, three. Sir, you will be Rajan Express. No. Left platform. A, B, C. Sir, you will be. Train number one, two, three. One, three. Sir, you will be Rajan Express. No. Sir, you will be. यही है मैं कुछ मिनटों में ये लिफ्ट का भी नज़ारा दिखाऊंगा और इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है कैसे नीचे आया जाता है मैं सब आपको सिखाऊंगा तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद हम इस चैनल के माध्यम से रिपोर्टर मनीष कश्यप को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि ये बिछड़ा हुआ बिहार को एक रास्ता दिखा रहे हैं कोटि कोटि नमन करता हूं मनीष भैया को मनीष कश्यप को चलते हैं ऊपर ऊपर से प्लेटफॉर्म नंबर छ पे जाएंगे बने रहिए ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं अभी रात चार बज चुका है जो कि आप लोग के लिए मैं रात में सोया नहीं आज हमारे बड़े भैया बेंगलोर से आने वाले हैं उन्ही के लेने हम लोग स्टेशन पहुंचे बट वो अभी ट्रेन पाँच घंटे लेट है बट वो अभी ट्रेन पांच घंटे लेट है ये देखिए देश का नौजवान सेना जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं ये तेवर देखिए मैं लिफ्ट को कैसे नीचे उतरे ये सब सिखाऊंगा लिफ्ट प्लेटफार्म नंबर चार या पांच के बीच में है लिफ्ट देखिए यात्री कृपया यही है लिफ्ट वो लिफ्ट अभी ओपन किया जा रहा है और मैं नीचे भी जाऊँगा ये खुल गया ये देखिए हम लोग लिफ्ट में पहुंच गए हैं कर। यहाँ पर आइएगा तो ग्राउंड देखने को मिलेगा यहां पे ग्राउंड में टिपिएगा फिलहाल हम लोग तीन लोग हैं हम लोग नीचे जा रहे हैं हम लोग नीचे ग्राउंड में पहुंच गए हैं इधर से खुलने वाली है गेट ये देखिए गेट कैसे खुल गई और हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक नीचे पहुंच गए आप लोग से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि एक मरतबे गया स्टेशन आके देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा बने रहिए हमारे इस वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत भारत माता की जय तो ठंडी के मौसम है और हम लोग दोनों भाई चाय पी रहे हैं देखिए मैं कोट जैकेट सब पहन के आया हूँ बहुत ठंडी लगती है भाई प्लीज़ इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दिया जाए और चैनल को आगे बढ़ा दिया जाए हिंदू परिषद का अध्यक्ष है तो हाई फ्रेंड तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसी तरह से हमें प्यार दुलार देते रहें ताकि आप लोगों के लिए मैं नया नया वीडियो अपलोड करूं थैंक यू जय हिंद जय भारत भारत माता की जय